नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल टोटल जी में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि नरेगा के पैसे आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को हमारे खाते में डाले गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तो यहां पे आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है और यहां पे आपको सर्च करना है नरेगा जैसे ही आप नरेगा सर्च करेंगे आपके सामने यहां पे एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा होगा जॉब कार्ड का तो आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा जनरेट रिपोर्ट तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी स्टेट्स के लिंक हो जाएगी तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप खोल लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे वो यूपी को खोल ले रहा हूँ उसके बाद आपके सामने एक लॉगिन पेज आएगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद आपको सेकेंड डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक का और फिर ग्राम पंचायत का तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दो हज़ार उसके बाद मेरा जो जो जिला है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उसके बाद मैंने यहाँ से अपना ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद अपनी ग्राम पंचायत को यहां से सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको यहां पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहां पे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलकर आएगा तो यहां पे जो सबसे पहले वाला नंबर है उस पर आपको देखने को मिलेगा जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन उसी में आपको चौथे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जॉब कार्ड एम्प्लॉमेंट यहां पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पे जॉब कार्ड्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और देख लेना है जो भी आपका जॉब कार्ड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जैसा कि यहाँ पे जो मेरा जॉब कार्ड नंबर है वो ये है और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है उसके बाद यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मेरा जॉब कार्ड खुल गया है और जो फर्स्ट है वो यहाँ पे डिमांड कब से कब तक लगी है वो मिल जाएगी और यहाँ पे नीचे है वो किस काम पर आपकी जो डिमांड लगी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उसके बाद आपकी बेज लिस्ट किस काम पर किस मास्टर रोल पर जनरेट हुई है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में आपको मास्टर रोल नंबर दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जिसका भी पैसा आपको चेक करना है उस मास्टर रोल को आपको यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको और यहाँ साइड में आपको अपना नाम देख लेना है उसके बाद जब साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे जो डेट दिख रही है इस डेट में आपका जो पैसा है वो आपके खाते में इतना डाला गया है तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे